खबर राजनीति ऐसी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस का घर घर चलो अभियान चलाने वाले पीसीसी चीफ कमलनाथ ही इस अभियान में दिख रहे हैं बाकी नेता तो उनका साथ भी नहीं दे रहे कमलनाथ ने पूरी कांग्रेस को ही घर पर बैठा दिया है गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा की कमलनाथ जब मुख्यमंत्री थे तो लोगो को चलो चलो करते थे आज आज घर-घर चलो की बात कर रहे हैं। ने ने कहा कि 70 साल से गांधी-नेहरू परिवार देश देश को बर्बाद करने का काम किया है। आज देश में कांग्रेस के करप्शन वेरिएंट को मोदी वैक्सीन खत्म कर रही है और विकास के नए आयाम गढ़ रही है वही दर्द कांग्रेस नेताओं को हो रहा है उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी आत्मा गांधी की पार्टी गोडसे की पार्टी वाला बयान अर्ध सत्य है कांग्रेस इंदिरा गांधी राजीव गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी भविष्य में रेहान गांधी की होगी कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जिनके नेतृत्व तो में 30 विधायक छोड़ के गए जब मुख्यमंत्री थे तो चलो चलो कह रहे थे अब घर घर चलो कह रहे हैं दरअसल राहुल गांधी जी का जो दर्द है ना जो सत्तर साल ऐसी एक ही परिवार ने देश को बर्बाद किया है और उनके शासन में जो वेरियंट पैदा हुआ था भ्रष्टाचार का और मोदी वैक्सीन जिसे खत्म करने में लगी है वो दर्द है मोदी की वैक्सीन जो चल रही है और उनका जो सुरक्षा चक्र है प्रगति और विकास के पद पर विश्व को सिरमौन बना रहा है ये दर्द है राहुल गांधी जी का राहुल गांधी जी का दर्द बाकी और कुछ नहीं अर्ध सत्य है ये गांधी से अपराय माननीय इंदिरा गांधी जी माननीय राजीव गांधी जी माननीय राहुल गांधी जी मानी प्रियंका गांधी जी फिर प्रियंका के सत्ता की प्राप्ति के लिए दो बच्चे हैं, आगे पीछे वो भी गांधी लिखेंगे वही लिखेंगे और गोडसे के बारे में बात करना उन लोगों को शोभा नहीं देता है जिनसे ऊपर से नीचे तक सिखों की हत्या के और दंगों के छींटे जिनके पड़े हुए हो वो क्या गौड़से की बात कर रहे हैं और वो क्या गांधी की बात कर रहे हैं नरोत्तम ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर कहा कि यूपी में दो के विधानसभा चुनाव में जनता को दो लड़कों का साथ पसंद नहीं था और अब भी नहीं है जनता को कांग्रेस का हाथ भी पसंद नहीं है प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस नकारा है लोगों ने भाजपा पर फिर भरोसा जताया है इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने किसानों को लेकर कहा की कि मैं किसान भाइयों के बीच फैलाया जा रहा भ्रम दूर कर देता हूँ नहरों से पानी लेने पर किसानों के लिए कोई नई दर बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने नहीं लिया है वर्तमान दर यथावत रहेगी भ्रम की स्थिति नए प्रस्ताव को लेकर हो रही है जिसमें कि बिजली के माध्यम से पंप द्वारा सिंचाई होने की बात है ये बिल्कुल तय दिख रहा है जो यूपी नहीं गया है वो कह सकता है की लड़ाई में है यूपी की जनता मन बना चुकी है न वहाँ पे हाथ आने वाला ना हाथी आने वाला न साइकिल आने वाली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने वाली कोई दर किसानों के ऊपर प्रदेश में नहीं बढ़ाई जा रही है जो नहरों से सिंचाई होती है वो पूर्ववत है वो यथावत है ये जो भ्रम की स्थिति आई है वो नया प्रस्ताव जो बिजली से पाइपों के माध्यम से स्किल के माध्यम से जो सिंचाई होती है उसका भ्रम है जो आम किसान है उसके ऊपर ये इस तरह की कोई बात नहीं है न इस तरह का कोई भ्रम फैलना चाहिए नरोत्तम मिश्रा ने पंजाब कांग्रेस के पीसीसी चीफ सिद्धू को लेकर कहा कि सिद्धू के करीबी पूर्व डीजीपी पंजाब के मोहम्मद मुस्तफा का गुरु ग्रंथ साहिब पर विवादित टिप्पणी बताती है कि कैसे इन लोगों का काम सिर्फ हिंदू और सिख धर्म को टारगेट करने का है अब सवाल है कि क्या मुख्यमंत्री चन्नी इस पर कोई कार्रवाई करेंगे हमारी आस्था के जितने चिन्ह है आस्था के जितने प्रतीक है हमारी आस्था के जितने आयाम है कांग्रेस के तथाकथित कथित जो लोग होते हैं ये सिर्फ उन्हीं को इस तरह से टारगेट करते हैं जो कि पीड़ादायक है मुस्तफा जी को मैं भी इस बात से सहमत हूँ तत्काल माफी मांगना चाहिए और माफी अगर वो नहीं मांगते हैं, तो वहाँ के जो मुखी साहब है उनको तय करना चाहिए संगीत की लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़ झोपड़ी से महलों तक खेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखन न्यूज आप हम